मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए निकाली गई है और नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया है इस यात्रा का उद्देश्य फलीभूत होते हुए दिख रहा है इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुई श्रद्धा की हत्या को लेकर भी बात की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा की राहुल गांधी की लोकप्रियता कन्हैया कुमार तक आ गई है ये बात एकदम सही है वैसे भी राहुल गांधी सबसे पहले जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया से ही मिलने गए थे और ये यात्रा भी कन्हैया कुमार के ब्रांडिंग के लिए रखी गई है और यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा इस यात्रा का उद्देश्य फलीभूत होता दिख रहा है उन्होंने दिल्ली में हुई युवती श्रद्धा की हत्या पर कहा की हत्या की एक घटना बहुत पीड़ादायी है लेकिन उस पर भी कांग्रेस के आला नेताओं के मुख से एक शब्द नहीं फूटा इतने विचलित कर देने वाले प्रसंग पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला कांग्रेसियों की मानसिकता का परिचायक है उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थानों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कांग्रेसी खुद ही कर रहे हैं गुजरात में चुनाव के विषय पर उन्होंने कहा कि गुजरात में हमको बहुमत मिलने वाला है राहुल गांधी यदि गुजरात जाते हैं तो हमें दो तिहाई बहुमत मिलेगा राहुल गांधी की लोकप्रियता कुमार उन्होंने राहुल गांधी के गुरु वो माथा पकड़े अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकडे गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना फलीभूत होता दिख रहा है ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और नाम भारत जोड़ो दिया है दिल्ली के जो आफ्ताब वाला मामला जैसे आया है श्रद्धा के पैतीस्ट्रेसर इनके घर के बड़ी लोपहरसक घटना है पीला दाई है तो विचलित कर देने है विचलित वाला देखो राहुल गांधी जी मैंने अभी जैसे बोला था बहुमत हमको मिलने वाला था वो जाएंगे तो दो तिहाई वक्त बन जाएंगे जितना भाजपा को योगिंदा यादव जी उनकी पदयात्रा में साथ चल के आ रहे हैं तो का पैरामीटर भी लगाया हुआ गृह मंत्री मिश्रा ने दुष्कर्म के मामले पर कहा कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्मियों को फांसी देने का कानून बनाया गया है अब तक 38 मामलों में सजा हो चुकी है धर्मांतरण मामले में उन्होंने कहा कि रायसेन और दमोह दोनों ही जगहों से धर्मांतरण की शिकायत मिली है दोनों मामलों की जांच की जा रही है मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विधायकों से मिलने की शुरुआत कमलनाथ ने की थी जब जब कमलनाथ बोलते हैं तब तब कांग्रेस टूटती है वहीं पैसा एक्ट पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह ने जो कहा है वह उनके लिए है जिनसे वे घिरे हुए हैं मिश्रा ने कहा हमने 6000 आरक्षकों की भर्ती कर ली है प्रियंका रायसेन भी गए थे, दमो भी थे के में जो शिशु भोगी केंद्र है उसको एक एनजीओ चलाता है उससे जुड़ा विषय है ये ये विषय जांच में लिया गया है एक दो तो दिन में जांच आने पर इसके बारे में विस्तार से आपके सामने उपस्थित है वहां भी हमारे बाल संरक्षण आयोग के आदरणीय प्रियंका नंद जी गए थे वह होस्टल में जो है वहां पर उसके अंदर कुछ बच्चे थे जिसमे से जनक गौड़ जो था उसके बारे में उन्होंने शिकायत की है आधार संस्थान जिस पर तीन सौ सत्तर आई पी सी की दादा और जीजी एक्ट के तहत अभी मुकदमा दर्ज कर जांच में लिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर पिछले आरक्षकों की भर्ती में छह हजार पुलिस आरक्षकों की परीक्षा और परिणाम आ चुके हैं फिजिकल का कुछ टेस्ट रह गया छह हजार की हो गई है। और आने वाले दिनों में हम सात हजार पाँच सौ और आरक्षण करने वाले थे। जी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज